जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण हैं मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है चाहे वह विचार हो नफ़रत हो या प्यार हो रिश्तों में बढ़ी हुई नफ़रत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नज़रअंदाज करने में लगे हुए हैं अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा नहीं होगा एक व्रत करें किसी की गलती कमजोरी औरों को नहीं सुनानी और अगर दूसरे सुनाने आए तो उन्हें कहें ओम शांति आजकल मेरा व्रत चल रहा है हम ये बातें नहीं सुनते हर आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है आनंद कहीं बाहर से नहीं आता किसी वस्तु व्यक्ति से नहीं मिलता बाहर की दुनिया में आनंद को ढूंढना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है हमेशा मुस्कुराते रहिए लोगों को भी खुशी का खजाना बांटते रहिए लोगों की खुशी की वजह बनिए दुखों का कारण नहीं कहते हैं रोने पर तो आंसू भी पराए हो जाते हैं पर मुस्कराने से पराए भी अपने हो जाते हैं तो मुस्कराते रहिए ज़रूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए आप मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं शिकायत छोड़िए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए आपके पास जितना है ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है जब बीमारी में किसी के मुंह का टेस्ट ख़राब होता है तो उसे मीठी खीर भी कड़वी लगती है हम उससे नाराज़ नहीं होते क्योंकि हमें पता है वह बीमार है उसी तरह आजकल लोगों के मन का टेस्ट बिगड़ा हुआ है सिर्फ इतना सोचे कि वह बीमार हैं जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है इसी मनुष्य की बुराई को बताना आम लोगों की पहचान है बुराई में भी अच्छाई को बताना ख़ास लोगों की पहचान है और स्वयं की बुराई को देखना और उसमें सुधार करना यह महान लोगों की पहचान है